चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत के मंच से युवाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की और कहा अगले साल का बजट युवा बजट होगा जिसमें सिर्फ युवा संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक बार ही एक फॉर्म भरना होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत के मंच से कई बड़ी घोषणाएं की शिवराज ने कहा अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट भी शामिल किया जाएगा साथ ही प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन होगा इस आयोग में युवाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा शिवराज ने कहा कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग देना पड़ता है अब केवल एक बार ही परीक्षा शुल्क बच्चों को जमा करना होगा और सभी परीक्षाओं में भी भाग ले सकेंगे हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पाँच आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एक साल में जितना चाहें नौकरी फॉर्म भरें फीस एक बार ही लगेगी मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और चार रुपया शुल्क है तो चार पंजे अगर करें तो दो हजार हो जाते हैं अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे हर परीक्षा के लिए हर नौकरी के लिए अलग अलग की जरूरत नहीं होगी शिवराज सिंह चौहान ने कहा अब तक मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस किसी में छह लाख रुपए थी इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर किया जा रहा है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में सुधार के लिए और भी जो सुझाव हो वो सीधे मुख्यमंत्री को भेजे जा सकते हैं खेलकूद के लिए साल सात तो करोड़ रूपए का बजट खेल विभाग का है अब हर साल खेलो एम यूथ गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा योग शिक्षा के साथ हर गाँव में खेल का मैदान भी बनाया जाएगा तो देखो इस साल साढ़े सात सौ करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का और मेरे बेटा बेटियों अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे यार अजय लुक लोकेटेट हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे